हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस YouTube सेशन में आज मैं आप सभी को बताने आया हूँ कि आप YouTube पे एजुकेशन चैनल बना कर उस पर पैसे कैसे कमाए जा सकता है वो भी मोबाइल से तो भाई कई लोगों का ये सवाल था कि मोबाइल से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं एजुकेशन वीडियो बना के तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है तो अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो वीडियो को करते हैं हम शुरू तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च सर्च बन क्लिक करके यहां पर आपको जाइट बोर्ड या आपको क्लिक कर देना है यह एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है यह एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले एक स्टाइलस पेन की ज़रूरत है या फिर आप घर बैठे भी इस पेन को बना सकते हो यूट्यूब पर जाके सर्च करना है हाउ डू मेक आ स्टाइलिश पेन तो यहाँ पर कई वीडियो आपके पास आ जाएगी तो भाई आप कोई से भी उसमें बना सकते हो तो अब हम करते हैं अपनी जो जाइट एप्लीकेशन को ओपन तो हम जाइड एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको ई इंटरफेस आपको मिलेंगे यहाँ से आप बिल्कुल इजी से पढ़ा सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन होया या पढ़ा हूँ आपको लॉगिन हो जाना है लॉगिन होने के बाद आपके सारे ये अनलॉक हो जाएंगे जैसे अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आप क्रिएट न्यू बोर्ड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पहले कहता है आप लॉगिन होइए तो सबसे पहले लॉग या साइन अप हो जाइए फटाओ अगर आप मेरे साथ साथ ही इसको डाउनलोड हो ऐसे ओपन कर रहे हो तो आप अभी अभी लॉगिन हो जाइए और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सेव बोर्ड का है और आपने जो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें लिख दिया मैंने सब्सक्राइब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया तो यहाँ पर अगर आप बोर्ड को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्री डॉट पर क्लिक करना और सेव बोर्ड आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हमारी है। अब आपको इरेजर इरेजर की ऐप पड़ेगी तो यहाँ पर आपको इरेज भी हो सकता है बहुत आसानी से अगर आपको दूसरा कोई सा कलर चाहिए तो यहाँ पर भी आप दूसरा कलर भेज सकते हो यहाँ पर अगर आपको ये तीन कलर आपसे प्रोवाइड है अगर आपको और कोई सा कलर चाहिए तो यहाँ पर गो प्रो फोर मोर टू यहाँ पर आपको पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे पर मैं कह रहा ये तीन ही कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर आप मैं देखूँ सब्सक्राइब तो यहाँ पर बहुत स्मूथली काम कर रहा है हमारा पेन आप भी बना सकते हो या फिर मैं आप मदद करने के लिए ऐसी एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए तो यहाँ पर आप माई बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो अब आप, आपको पीपल को भी इनवाइट करना है अपने दोस्त को इनवाइट करना तो यहाँ पर आप दोस्त को भी इन्वाइट कर सकते हो अगर आपको शेयर टू व्यू अगर आप कुछ व्यू कर रहे हो एग्ज़ाम्पल दिस व्यू अगर इसको शेयर करना है तो भी आप कर सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट इमेज अगर इंसर्ट इमेज करना चाहते हो तो तो भी आपको लॉगिन होना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है तो सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है नेक्स्ट ऑप्शन आपका एक्सपोर्ट का मतलब अब आपका ये हो गया ये हमने लिख दिया एक और चीज़ लिख देते हैं ये हमें दो चीज़ लिख दी है अब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का दवा देना है एक्सपोर्ट दवा के बाद आपको ये आपके जो फाइल ये पेज है ये आपको किस में चाहिए आपको अब ये पूछेगा अगर आपको फुल बोर्ड बैकअप फाइल चाहिए तो आपको रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको ईमेल पे सेंड करना है तो यहाँ पर आप ई भी भर सकते हो या फिर सिर्फ पी में चाहिए आपको ये फ़ाइल तो भी लिख सकते हो बट देखो अगर आप प्रो लेते हो तो यहाँ पर जो मेड बाय चाइट बोर्ड है ये आपका रिमूव हो जाएगा तो आप ये मुझे प्रो नहीं पता कितने में देगा बट जब भी पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँगा यहाँ पर सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाएंगे वो आपके काम के हैं कि क्या आइकन का क्या सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप पढ़ोगे तो यहाँ पर सिर्फ मैं रिव्यू एंड यहाँ पर गोप्रो है यहाँ पर गोप्रो ले सकते हो और आप लॉगआउट करना चाहते हो लॉग आउट कर सकते हो या फिर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प भी ले सकते हो तो अगर आपको ये सब कुछ रिमूव करना है तो सब कुछ तो क्लियर आल भी क्लिक करके ये रिमूव हो जाएगा तो आपने ये वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके ऐसे इंटरेस्टिंग टैक्ट लेके इतने के लिए सब्सक्राइब करके कर रखना और बेल आइकन को आपको ऑल पे क्लिक कर देना है तो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखना है क्योंकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में